वेलकम बैक माय न्यू वीडियो तो आज हम आ चुके हैं जैकी को घुमाने तो देखे ये पता नहीं कौन है गाय घर सा ला रहा है पागल सा पता तो नहीं इस पर कुछ तो कुछ करवा रहा है गाय देखो इसकी सिखल दे हमारा जैकि जैकी जैकी देखो गाय देखो देख रहे तो चलो गाई आगे मिलते है घुमाने ये देखो पीछे कौन आ रहा है ये बड़ी अच्छी बात कही आप देखो भाई छोटे भाई